के पूरे शेयर मार्केट में जितना पैसा है उतना तो हमारे अडानी जी एक साल में कमा लेते हैं इतना ही नहीं उनकी पूरी नेटवर्थ पाकिस्तान जैसे अस्सी देशों की जीडीपी से भी, भी होती। और अडानी जी ऐसा इसलिए कर खुद कहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया की जीडीपी के साथ साथ इंडियन शेयर मार्केट भी बुलंदिया छुएगा और ये टाइम भारत के इन्वेस्टर्स के लिए भी गोल्डन टाइम है इसलिए अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी को शुरू नहीं किया है ना तो भैया डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सबसे पहले जाके बैंक अकाउंट के जैसे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए क्योंकि उसके बाद ही आप ट्रेड कर पाओगे तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए